नजरी मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू और जो गर्मीदा है उसको डाले तू के जगनु मैं पुल जावानी, दस समझावानी अब न्यों कर दे मेन जजदा नहीं देना मैं सुनता नहीं पीछे पर ये दीवाना है तेरे पीछे सर ये झूले ना दो दुनिया के आगे पर तेरी पायल देखो कह के सर